अरे अबे तो को बुला लिया अबे अबे मैंने भाई रिक्वायरमेंट डाला था पागल पागल हो गया हेलो भाई अबे ये। अबे अबे <laughs> ये क्या नाम है नुबड़े सुन नुबड़े सुन साथ तो साथ खेल के जा, कर, ओ, के जा खेलेगा जाएगा हेलो मेरे बात पे सुनो हेलो भाई भाई भाई मेरे बात पे लो भाई भाई बात सुनो ना भा� भाई बात सुनो ना अक्षर अक्षर दो मिनट भाई क्या बोलना चाहता है एक मैच खिला लो भाई तुम लोगों का इतना अच्छा अच्छा ड्रेस देख के मेरे को मन नहीं कर रहे यार जाने का प्लीज एक मैच खिला लो न भाई भाई भाई भाई है भाई तो है है छोड़ यार नहीं देखो अवकात नहीं है तो क्या हुआ बट यार एक बार खिला लो लोग देखो देखो ब्रो एक सुनो सुनो सुनो अच्छा अच्छा सुनो सुनो मेरी बात सुनो नहीं मैच नहीं खेलोगे ना मेरे को लेके अबे नहीं भाई तो मैं तो मैं तो की एक एक करके कर कर एक एक करके बोलो ऐसा ऐसा देखिए देखिए अच्छा अच्छा अच्छा सुनो सुनो मेरी बात सुनो चलो आ जाओ नहीं मेरे पास नहीं है यार मतलब यार तुम लोग कितना अमीर हो कितना अमीर हो तुम लोग इसलिए तो बोल रहे यार मेरे फिलहाल हो न प्लीज तो फिर तो चलो सुनो सुनो चलो रूम खेलते हैं रूम में देखते हैं कौन किसको किसकोलता है भाई।, भाई भाई को, रूम भाई का मतलब भी पता पता क्या आपका आपका हिम्मत नहीं है ठीक है आपका हिम्मत नहीं है आपका हिम्मत है तो चलो आ जाओ जाओगे देखो मेरी बात सुनो मैं रूप बनाऊंगा और तुम तीनों को एक साथ तुम तीनों और हम अकेला इतना पेलेंगे ना अच्छा ठीक है चलो आ जाओ ना अच्छा अच्छा तुम आ जाओ आ जाओ चलो आ जाओ ना तुम्हारा तुम्हारा हिम्मत नहीं है तुम्हारा औकात नहीं है हमारे साथ वन कर देगा ठीक है तुम डर तो रहे हो तो तो जाओ ले जाओ पापा जी टॉम टॉम पापा जी इसको देखते ना क्या मारेगा ओके ओके ठीक है ठीक है चलो ना चलो ना देखते है ना हाँ हाँ भी रूम भी मतलब पता है तेरे को बिल्कुल सब कुछ सब कुछ पता, पता, पता है।, है सब कुछ पता है बिल्कुल मतलब पता है चलो आ जाओ देखते हैं हिम्मत देखते हैं आपका ठीक है कौन नूब है कौन प्रो है आजा, दिखाते हैं, आजा आजा चल। आजा आजा चल चल दिखाते हैं देख देख देख एक एक को रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा रहा है भाई <laughs> रिक्वेस्ट भाई भाई भाई भाई क्या भी करेगा भाई भाई इतनी दम दिखा रहा है भाई भोसड़ी का न अबे है भाई भाई बहुत बड़ा अच्छा अच्छा ठीक है चलो आ जाओ ना देखते हैं हाँ, कौन लू है कौन प्रो है तब पता चल जाएगा आपको ठीक है आज पता आज ओके ओके चलो तो हे हैम कर दिया गैस इतना ज्यादा गंदा मतलब टीडीम लेके आया ना वन पर्स थ्री गैस इतना ज़्यादा यार घर वाले नहीं बेजीत किया यार ये लोग इतना ज़्यादा बेजीत किया गैस तुम्हारा भाई कतई भर भर के बदला लिया गैस एकदम गुस्सा एकदम सारा गुस्सा निकाल दिया और गैस तुम लोगों का कमेंट देख रहा था गैस M24 चैलेंज मैक्स बाय वन बी थ्री एम चैलेंज लेके आओ तो यार मैं आप लोगों का चैलेंज यार डाल नहीं सकता गैस क्योंकि यार आप मेरे को सपोर्ट करते हो तो गैस यार हम आपका बात सुनेंगे नहीं तो यार किसके बात सुनेंगे गैस तो यार एम टू फोर चैलेंज लेके आ गया आप लोगों के लिए गैस और यार सपोर्ट कर रहे हो ना तो गैस एक ही रिक्वेस्ट है तुम लोग फुल वीडियो वाच करो गैस पसंद नहीं आएगा ना गैस मेरे को जरूर से कमेंट करके बताना गैस प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करो कम से कम गैस सपोर्ट हो जाएगा गैस और शेयर कर देना बस और कुछ नहीं और जो भी चैनल भी नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेलाइकन ऑन कर देना और गैस इस वीडियो कतई बहुत ही भयंकर वाला यार टीडीएम है गैस एम टू वन बी मतलब आप देखोगे तभी पता चलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा आप देखो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा जो मैक्स भाई बोल रहा है सही बोल रहा है इतना गंदा पेल रहा होना और गैस आपको देखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ गैस टीडीएम देखने से आपको थोड़ा सा इंप्रूव होगा आप भी थोड़ा सा ऐसी मोवमेंट वगैरह फास्ट करके मार सकते हो ठीक है इसलिए बोल रहे हैं गैस तो गैस सपोर्ट करना है तो फुल वीडियो वॉच करो और गैस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना टेन के जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दो इंस्टाग्राम पे C4 फोर ऑफिशियल नाम है गैस सर्च करना और गैस चैनल पे 400 के जल्दी से कंप्लीट करा दो सो जल्दी से जल्दी तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो गैस और शेयर करो मैक्स बाई का चैनल को और 400 के जल्दी से कंप्लीट करा दो गैस इंतज़ार कर रहा हूँ फोर हंड्रेड जैसा दो दिन के अंदर हो जाएगा तुम लोग सपोर्ट इतना ज़्यादा करो गैस चलो गैस वीडियो की तरफ मज़े लो गैस गया गया ये गया। अबे ये क्या? अबे क्या? अबे अबे अबे क्या क्या दो कैसे पटा लगा रहा है ये क्या मारेगा भाई निकल चल चल चल, तेरी चल। अरे अरे और तो... अबे जा... अबे तू तो ऐसे बैठेगा भाई बैठा अबे भाई इसने कैसे मार दिया यार तो भाई स्ट्रीक है भाई अपनी। अबे, अबे हट, अबे इसको तो भाई इतना गंदा मारेंगे भाई अपने मारो मारो इसको अबे भाई इसने कैसे मार दिया इसको भाई कैसे मारा अबे पता नहीं क्या हो गया इसको भाई अरे भाई ये क्या भाई अरे nice भाई, भाई कैसे आ रहे? रहे है भाई कैसे मार रहा है अबे दिस आई एम फाइटिंग मैं कहां लगा अरे भाई इसको लगा। अबे अभेश को मारे भाई मेरे को ही मार दिया कटाबो अबे बोल हां ये निकल निकल चिकन टारगेट डाउन ओ माय क्या बोल रीलोडिंग टारगेट डाउन भाई भाई स्लिट अबे यार, क्या है कर भाई अबे इसको तो मैं बहुत ना मारूंगा भाई अभी What? भाई, ये भाई, भाई भाई दे। वो हैकर है अबे वो हैकर है रह? रह? तो हैकर है। वो हैकर तो तो है। वो दे सकता है। वो हैकर है, वो दे सकता है वो हैकर है भाई कौन करके आया क्या अबे एम है क्या? क्या, है क्या? भाई एम है कौन करके आया है क्या नुबड़े अबे कौन सी पवाशी को दिखा के आया तू कौन सी पापा पावा तेरे को यार दे रहा भाई तीन दिए अबे तो क्या? अबे क्या हट निकल भाई पांच हेड शोट मार दिया दे जा रहे है भाई मैं कैसे नहीं मार भाई मैं हमें हारता नहीं, नहीं। भाई बंदों से भाई क्या अबे बच्चा अरे भाई भाई तो जाएगी क्या गिरी क्या yeah, भाई अभी भाई कैसे मार रहा है ये? नाइस शॉट। भाई भाई मैं बोल रहा हूँ एम है क्या क्या है उसने भाई मैंने मार दिया What? भाई मैंने फिर मार दिया nice तो। भाई अरे भाई ये कैसे जीत गया भाई क्या हो गया से मर गया। आगे, अबे तो अबे अब क्या, क्या, अब क्या क्या कौन हैक लगा? है तू हैक हैक लगा लगा आया था? वो हम नहीं तेरे को कैसे तू हमें भाई तू तो है ना ये ईआरपी है कि ये सब हैक के है जैसे गेम गेव गेव नाम, नाम नहीं मैं बहुत ही अच्छा खेलता हूँ सुनो सुनो सुनो मैं बहुत ही अच्छा खेलता हूँ ना इसलिए अरे सुनो सुनो सुनो मेरे बात सुनो मैं इसलिए फुल कॉन्फिडेंस मैं इसलिए तो फुल कॉन्फिडेंस से आपको बोला ना चलो वन बी थ्री करते हैं मैं अच्छा खेलता हूँ खत्म कर दूंगा सुनो सुनो एक नूब को एक नूब तो को कभी कमजोर मत लेना एक नूब को कमजोर तो तो मत सोचना ठीक है अभी तो नुबराइट मुझे इसके इसके पास कहाँ से होगा भाई ये नूबरे के पास नहीं भाई रावण सेठ था इसके पास कहा अरे पीछे देखो भाई ग्लेशियर टी है ये क्या ग्लेशियर ओ भाई भाई भाई ये भाई क्या क्या ये नहीं आ। आ भाई। भाई आप, भाई... भाई आप हो हाँ <laughs> कभी भाई सोचा नहीं था की आप कसंग खेल पाएंगे यार भाई हम यूटूब के साथ खेल पाएंगे यार नहीं यार तुम लोग अरे भाई इतना ज्यादा बेची थी क्यूँ करती हो मेरे को ये बताओ जरा आप नुप को इतना बेची थी क्यूँ करती हो तुम लोग भाई, हम नहीं करते भाई।, उसके देख भाई भाई भाई भाई भाई भाई करते देख देख तो रहा लोग को भाई। गाली वगैरह क्यों देते हो मेरे को ये बताओ अरे भाई, भाई कहा गाली भाई मेरे को बोले भाई। मेरे को गाली दिए थे ना आप अभी थोड़ी देर पहले नूप जब बना था मैं अरे भाई सॉरी भाई भाई भाई मैंने पता था था कि भाई आप आप यूट्यूबर यूट्यूबर हो हो हमको नहीं सोरी ऐसी देखो प्रो नूप को भाई कभी दोबारा ऐसी मत बोलना है ठीक है सोरी भाई ठीक है सोरी All time, भाई भाई भाई भाई हटाना भाई प्लीज भाई ओके okay, okay, हमें भाई। भी करो कर लेंगे। कर लेंगे। भाई, भाई अपने साथ ठीक okay, है।, है और नूप को कभी दोबारा ऐसी कभी मत बोलना ठीक है ठीक है मेरा जब टाइम मिलेगा टाइम जब मिलेगा तब खेल लेंगे कोई बात नहीं बोलेंगे ओके ओके दोस्त फ्रेंड में देखो मैं आपको भाई भाई, भाई, भाई, भाई। आप आप आप मेरे को कर लो हो हो पता है यूट्यूब चैनल सी फोर मैक्स वाई टी सी फोर सी फोर मैक्स वाई टी हाँ देखता हूँ देखा देखता हूँ सोलो भी स्पॉट खेलता है न भी करता भाई भाई भाई सब्सक्राइबर लाख पहले बार नूब को कभी ऐसी मत बोलना ठीक है क्यूँकी यार कौन नूप क्या होता है आप नहीं जानते ठीक है हो भाई, हमें पता नहीं था कि इतने बड़े बस, लाख होने के लिए थोड़ा सा ही बाकी है अभी बस हो जाएगा कुछ दिन में तुम लोग सपर... कर लो करना, फुल सपोर्ट। आ, सपोर्ट करो, फुल कर लेना। भाई भाई है आपके। ओके okay, ब्रो और नूब को दोबारा कभी ऐसी मत बोलना प्लीज ठीक है और जब भी जब, जब, जब, न, जब भी जब भी नूब आएगा ना जब भी नूब को नहीं करने नहीं जाओगे नहीं। ना तब यार C4 फोर मैक्स वाई का याद आएगा आपका जो नहीं यार मेरे को एक बार बोला था C4 फोर मैक्स वाई ने यार एक यूट्यूबर ने यार नूब को ऐसी कभी मत बोलने के लिए क्योंकि यार नूप नूप भी यार खेलने के लिए आता है ना यार उसको इतना बेज्जती करोगे तो यार कैसे खेलेगा भाग जाएगा okay, हाँ, सही कह रहे हो यार यार सॉरी हमें पता नहीं तो था, था है। आप जो यार हाँ, हाँ, सही कह रहे हो और तो और हाँ, और हैं आप जो कोर बोल रहे थे ना हम दो सीजन कौन को भाई ये बंद अरे भाई इसको सब भाई सीजन टेन का भी कौन कर रहा है रेस्टे पास अरे भाई यार भाई भाई अंबर भाई साढ़े चार की कैटी के साथ भाई साढ़े चार की कैटी कभी दोबारा ऐसी कभी मत करना ठीक है ओके ओके अब निकालेगा निकालेगा तो मजा आता है है कि कैटी जब इन्होंने फाइंडर किया था भाई हाँ कभी कभी याद जब जब भी भी नूप को आ, ब, नूप को जब भी आएगा ना आपके पास ऑल टाइम रेस्पेक्ट देना ठीक है उसको लेके खेलना okay, okay. चलो खेलोगे नहीं के हमारे साथ बाद में में बाद खेलते हैं जब टाइम मिलेगा तभी खेल लेते हैं ठीक है नहीं नहीं हटाऊंगा भा नहीं हटाऊंगा नहीं ओके ब्रो कभी ओके ब्रो चलो ब्रो बाय बाद में मिलते हैं बाय बाय बाय बाय